लोग तीसरे लेवल पर आते जाते गए इस दौरान उस लेवल का माहौल काफी जोशीला महसूस होने लगा और बीच बीच में लोगों की बहस मुकाबलों में बदलने लगी ऐसे मुकाबलों के आस पास स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठा हो जाती जो बड़े गौर से मुकाबले देखने लगते वहीं उन लोगों की नजरों में ये जानने की इच्छा दिखने लगती की आखिर कौन उस कमरे में ट्रेन कर रहा था इसके अलावा मनी मन वो उस इंसान की थोड़ी इज्जत भी करने लगते तभी उन्हें याद आता की यहाँ तो ध्रुव शौर्य ट्रेन कर रहा था जिससे उनके चेहरों पर एक हैरानी दिखाई देने लगती पिछले कुछ दिनों में तीसरे लेवल पर ट्रेन करने वाले तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ये बात जान गए थे कि ध्रुव शौर्य ध्रुव शौर्य थाल पर खतरनाक कमल से जानलेवा हमला कर दिया था वही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अंदरूनी हिस्से में ध्रुव के बारे में काफी कुछ सुन रखा था यही वजह है कि वो लोग गौर से देखना चाहते थे कि आखिर वो लड़का था कौन जिसने इतने ताकतवर द्रोण तक की ऐसी हालत कर दी थी मगर उस दिन के मुकाबले के बाद से ध्रुव अभी तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला था इस बात से उसे देखने की चाह रखने वाले लोग काफी मायूस हो गए थे वैसे तो किसी मामूली एकलव्य या फिर किसी महादक्ष तक को दिन भर ट्रेन करने के बाद कुछ खाने के लिए बाहर आना पड़ता था लेकिन जैसे जैसे कोई महादक्ष ताकतवर हो जाता था तो ट्रेनिंग करते वक्त वो ना के बराबर खाकर भी जिंदा रह सकता था इसका मतलब कोई ताकतवर महादक्ष ट्रेनिंग के दौरान लगातार पाँच दिन बिना कुछ खाए पिए भी रह सकता था लेकिन इससे उसके शरीर में जरा सी कमजोरी तो जरूर आ जाती इसलिए जो लोग ध्रुव के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर वापस लौट रहे थे उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ध्रुव के कमरे का वो दरवाजा कब खुलेगा और कब उसमें से ध्रुव बाहर निकलेगा लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो मायूसी के बावजूद उस लेवल पर इंतजार करते रहे तभी अचानक उस शोर से भरे तीसरे लेवल पर एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी जिससे वहां एक खौफनाक खामोशी छा गई वहीं दरवाजा खुलने की आवाज से कुछ लोगों ने तुरंत अपनी की की। का है काले कपड़े पहने हुए था धीरे से चलकर उस दरवाजे से बाहर आया बाहर आते ही जब उस लड़के ने आस मौजूद सभी लोगों की नजरों को अपनी तरफ होते देखा तो वो एक पल के लिए थोड़ा परेशान रखने लगा फिर मजबूरी में उसने अपना सिर हिलाकर वहां से जाना शुरू किया लेकिन ध्रुव इस वक्त आग शक्ति टावर से बाहर निकलने के रास्ते पर नहीं था बल्कि वो तो सीधे चौथे लेवल की तरफ कदम बढ़ा रहा था दरअसल को लेवल पर ट्रेन करते करते दिन गुजर चुके थे। इस वजह से ध्रुव ने काफी तेज रफ्तार में बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली थी जिससे वो खुद भी काफी हैरान था ध्रुव समझ गया था की वो सात सितारों के चरम पर पहुंच गया था और अब सिर्फ कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग से वो आठवा सितारा भी हासिल कर लेगा लेकिन यह सब मुमकिन हो पाया था ध्रुव की ध्रुव जानता था कि जिस रफ्तार से वो फिलहाल ट्रेन कर रहा था उस रफ्तार में वो शायद अगले कुछ दिनों में इतना ताकतवर बन जाए जितना की वो सोच भी नहीं सकता था इस वक्त ध्रुव अपनी ट्रेनिंग से काफी खुश था और उसने चौथे लेवल पर जाने का फैसला लिया था क्योंकि तीसरे लेवल की आग उसे उतना फायदा नहीं दे आग अब उसे आठवें सितारे तक नहीं ले जा सकती थी और यह एहसास उसे अपने शरीर में बहती शक्तियों की रफ्तार से हुआ था बीच बीच में वो इतनी कम हो जाती थी कि ध्रुव को मजबूर होकर अपनी ट्रेनिंग रोकनी पड़ती थी और कुछ देर आराम करना पड़ता इस वजह से सभी के हैरत में पड़ी नजरों के सामने ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और कुछ ही पल में वो उनकी नजरों से काफी दूर जाने लगा। देखकर लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया ऐसा लग रहा है कि ये लेवल पर जा रहा है। लेकिन चौथे लेवल पर तो जाने के लिए किसी का द्रोण रैंक हासिल करना बहुत जरूरी होता है ना मगर ध्रुव को देख तो लगता नहीं है कि वो एक द्रोण बन चुका है हाँ लेकिन उसे देखकर तो यह भी नहीं लगता है कि उसने सेल को हराया होगा मगर उसने हराया था ना इसलिए हो सकता है कि चौथे लेवल पर ट्रेन करने के भी लायक हो वो इस तरह की बातें करते हुए बढ़ता रहा तभी उसे उस लेवल के आखिर में घुमावदार सीढ़ियाँ दिखाई थी जो चौथे लेवल पर जाती थी इसके अलावा ध्रुव ने देखा की सीढ़ियों के सामने कुछ टीचर्स खड़े थे जिन्हें देखकर ध्रुव पहले तो थोड़ा झिजका लेकिन फिर चुप आगे बढ़ने लगा उसके बाद ध्रुव जैसे करना जरूरी है। जो अभी महादक्ष है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और उस आदमी की बात सुनते ही अचानक ध्रुव के कदम थम गए फिर वो मजबूर होकर अपना सर हिलाने लगा दरअसल उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि चौथे लेवल पर जाने के लिए उसे द्रोण रैंक हासिल करना होगा इसका मतलब साफ था ध्रुव तीसरे लेवल पर रहकर ही ट्रेन कर सकता था लेकिन दिल रोशनी की ताकत में आई कमी को देखकर ध्रुव थोड़ा मायूस होने लगा क्योंकि अब उसे अपनी ट्रेनिंग की रफ्तार कम कमरे की तरफ जाने लगा लेकिन तभी अचानक उसे सीढ़ियों के पास खड़े टीचर्स में से एक की आवाज सुनाई पड़ी एक मिनट तुम तो ध्रुव शौर्य इस आवाज में हल्की हैरानी थी जिसे सुनकर उनके साथ खड़ा टीचर भी दंग रह गया फिर उसने गौर से अपने सामने खड़े काले कपड़ों वाले लड़के ध्रुव की तरफ देखा और उसे पहचानते हुए कहा से है उस सवाल के लिए हामी भरते हुए कहा जी हाँ मैं वही ध्रुव हूँ खैर अब जो मेरे पास चौथे लेवल पर जाने का रैंक है ही नहीं तो मैं तीसरे लेवल पर जाकर ही ट्रेनिंग जारी रखूंगा माफ कीजिएगा मैंने आप लोगों का वक्त जया ध्रुव ने चलना शुरू किया ही था कि अचानक सेवल से से पर जाना चाहो तो तुम्हें कोई ना रुके इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ेगी वही उस आदमी की बात सुनते ही ध्रुव तुरंत मुड़कर उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखने लगा इतना ही नहीं बल्कि ध्रुव तो उसे इस तरह मुस्कुराते देख काफी हैरत में भी पड़ गया था लेकिन अगले पल ध्रुव के चेहरे पर एक ऐसी खुशी दिखाई देने लगी जो ना जाने इसके पहले ध्रुव ने कब महसूस की थी वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे चौथे लेवल पर जाकर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है तो वो बहुत जल्द आठवां सितारा हासिल कर लेगा इसलिए ध्रुव ने तुरंत अपने हाथों को जोड़कर दोनों टीचर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा शुक्रिया टीचर्स बहुत बहुत शुक्रिया और बुजुर्ग पूरा भी शुक्रिया इस पर दोनों टीचर्स ने हंसते हुए ध्रुव से कहा अरे कोई बात नहीं है ध्रुव भले ही तुम्हारा रैंक अभी द्रोण न हुआ हो लेकिन शक्तियों के मामले में तो तुम चौथे लेवल के लायक हो चलो अब तुम्हें जल्द नीचे चले जाना चाहिए मैंने देखा है कि तुम पिछले सात दिनों से लगातार ट्रेन कर रहे हो इसलिए चौथे लेवल पर जाकर सबसे पहले कुछ खा लेना नहीं तो तुम्हारी ट्रेनिंग उतनी असरदार नहीं हो पाएगी जितनी की वो होनी चाहिए उस टीचर को अपने लिए फिक्र करता थे ध्रुव ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया टीचर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा इतना कहकर ध्रुव ने वक्त जाया ना करते हुए सीधे सीढ़ियों पर जाना शुरू किया जिसके बाद वो तीसरे लेवल से पूरी तरह गायब हो गया इस दौरान बहुत से स्टूडेंट्स थे जो उसे सीढ़ियों से नीचे जाता हुआ देख रहे थे और वो पूरी तरह दंग भी रह गए थे सभी लोग ये बात जानते थे कि जो स्टूडेंट्स आग शक्ति टावर के चौथे हिस्से में जाकर ट्रेन कर सकते थे वो शायद अंदरूनी हिस्से के सबसे काबिल और ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक थे लेकिन ध्रोव अच्छी तरह जानता था कि भले ही वो इस लेवल पर जरूर आ गया था लेकिन वो तीसरे लेवल की तरह यहां नहीं दिखाने वाला था इसलिए सबसे पहले उसने जाकर अपनी पेट पूजा की जिसके बाद वो एक मिडिल वैसे तो चौथे मीडियम ट्रेनिंग रूम के असर को हाई ट्रेनिंग रूम के बराबर नहीं समझा जा सकता था क्यूँकी दोनों में जलती दिल रोशनी की आग में काफी फर्क था हाई ट्रेनिंग रूम की आग काफी ज्यादा गर्म और असरदार थी जबकि मीडियम ट्रेनिंग रूम की आग उसके मुकाबले थोड़ी कमजोर थी मगर की मौजूदा शक्तियों को देखकर उसके लिए मीडियम ट्रेनिंग थोड़ा और फायर स्पिरिट क्रीम और विंड स्पिरिट पिल तैयार की पिछले सात दिनों की ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव ने पिछली बार बनाई सारी दवा खत्म कर दी थी इसलिए उसे कढ़ाई निकालकर एक बार फिर दवा तैयार करनी पड़ी पिछली बार दवा बनाने के तजुर्बे के बना का असर पिछली बार से ज्यादा भी था जैसे ध्रुव ने दोनों दवाएं बनाकर अपने सामने रखी उसके बाद उसने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की फिर ध्रुव को किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी क्योंकि पिछली बार की तरह उसे बीच में कोई रोकने वाला नहीं था ध्रुव अगले कुछ वक्त तक ध्यान लगाकर ट्रेन करता रहा और बहुत जल्द उसे इस तरह ध्रुव अपने उसका मकसद साफ था कि उसे जल्द से जल्द महादक्ष रैंक का आठवां सितारा भी हासिल करना था इस दौरान ध्रुव ट्रेनिंग में इतना मशरूफ रहा की उसे खाने पीने जैसी चीजों का ध्यान भी नहीं रहा वो इस वक्त आठ सितारों वाला महादक्ष बन नहीं वाला था फिर दो से तीन दिन की ट्रेनिंग के बाद ध्रुव के शरीर में शक्तियां इतनी ज्यादा भर गईं कि उसका शरीर किसी शक्तियों से भरे टैंक की तरह लगने लगा। जिसमें अगर जरा भी शक्तियां और डाली जाएं तो वो छलक कर बाहर निकलने लगतीं। मगर यही वक्त था जब ध्रुव को रुकना नहीं था क्योंकि इस टंकी में और शक्तियाँ अगर भर दी जाए तो ये टंकी ही बड़ी हो जाती थी और आखिरकार वो मौका आया जब ध्रुव अपनी ट्रेनिंग में ध्यान लगा बैठा हुआ था उसने उसके शरीर के अंदर जाती गई क्योंकि उसके पूरे शरीर पर फायर स्प्रिट क्रीम लगी हुई थी तभी अचानक उस कमरे में एक धीमी आवाज सुनाई पड़ी जिसे ध्यान से सुनने पर समझ आया कि वो आवाज ध्रुव के शरीर से निकल रही थी और इस आवाज के तुरंत बाद ध्रुव के शरीर में अचानक से जैसे बिजली का कोई झटका लगा इस झटके के चलते वो कांपने लगा और उसका शरीर लाल दिखने लगा वैसे तो बाहर से दिखने पर ध्रुव के शरीर में जितना फर्क समझ आ रहा था उससे कई गुना ज्यादा फर्क उसके शरीर के अंदर होने लगा था इसमें सबसे बड़ा फर्क था उसका शरीर पहले के मुकाबले बहुत तेज रफ्तार में शक्तियां सोखने लगा था उसके बाद ध्रुव ने महसूस किया कि उसके शरीर में लाल रंग की गर्मागरम शक्तियां भरती जा रही थी और वो शक्तियां जंगली सांडों के किसी गुट की उसके शक्तियों के रास्ते पर छोटी बड़ी हर तरह की शक्तियां आगे बढ़ती जा रही थी और तो और ये आगे बढ़ती शक्तियां धीमी होने का नाम ही नहीं ले रही थी बल्कि ध्रुव के शरीर की शक्तियां सोखने की रफ्तार धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ गई आखिरकार कमरे में फैली सारी शक्तियां ध्रुव ध्रुव के के के शरीर के अंदर चली गईं, जिससे को अपनी शक्तियों के बवंडर में एक अजीब सी कप महसूस होने लगी इस तरह उस कमरे की ये हलचल तकरीबन 10 मिनट तक जारी रही जिसके बाद ध्रुव के शरीर से आती आवाज धीरे धीरे कम होने लगी इसके अलावा ध्रुव महसूस कर सकता था कि अब कमरे में और शक्तियां ही नहीं बची थी जिसे उसका शरीर सोख सके इस वक्त ध्रुव का शरीर शक्तियां सोखने की वजह से से पसीने भर गया था और उसके शरीर पर लगा लाल रंग का क्रीम भी अब भाप बनकर पूरी तरह गायब हो चुका था क्या होगा जब ध्रुव हासिल करेगा महादक्ष रैंक का आठवां सितारा जानने के लिए सुनते रहिए दिवन इन ओनली लियांश के साथ सुपर योग था।